तो आज शुरू करेंगे 32 टू 32 का हाउस प्लान तो वीडियो के साथ बने रहिए आपको अपने ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट को पूरा करने में फुल हेल्प मिलेगा सो so, स्टार्ट करते हैं आज का प्लानिंग इसमें मैं वेंटिलेशन रख रहा हूँ पहले वेंटिलेशन ऑप्शनल है इसमें आप चाहें तो अपने हिसाब से भी रख सकते हैं अब मैं ये वा, आउटर वाल ड्रॉ कर रहा हूँ अब इंटरनल वॉल अब ये वेंटिलेशन में ऐसे ड्राप कर रहा हूँ इसका तो ये प्लान है हमारा थर्टी टू बाई थर्टी टू बेडरूम नंबर वन एलवन फीट 11 ft bedroom number 2 11 ft by 11 ft bedroom number 3 11 ft by 11 ft bedroom number 4 एलवेंट बाय एलवें फिट ये हो गया हमारा किचन सिक्स फिट बाय एट पॉइंट फोर फिट उसके बाद से ये हो गया अपना स्टियर थ्री फिट ऐसा थ्री फिट सिक्स इंच ऐसा थ्री फिट सिक्स इंच ऐसा स्टेयर अप यहाँ से आप ऐसा अपना स्टेयर एस ऐसे अप रख सकते हैं ये हो गया आपका डाइनिंग कम ड्राॅइंग डी आर ए डब्ल्यू आई एन जी ड्राॅइंग फिट नाइन इंच यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्पेस है 16 फिट 9 इंच और एट फीट 4 इंच यहाँ से ले कर यहाँ तक है स्पेस इस है इसमें आप यहाँ पे यहाँ पे एक सोफा सेट लगवा सकते हो ऐसा यहाँ पे ऐसे यहाँ पे एक यहाँ पे अपना डाइनिंग टेबल रख सकते हो इधर एक टीवी लगा सकते हो और ये हो गया हमारा बातकम लेट्रीन बाथकम लेट्रीन फोर फीट ऐसा फोर फीट ऐसा एंड सेवेन फीट ऐसा ये भी सेम है सेवन फीट ऐसा ये हो गया हमारा <coughs> वेटिंग <coughs> <coughs> सेवन फीट सेवन इंच ऐसा सॉरी सेवन फीट सेवन इंच ऐसा एंड एट फीट फोर इंच ऐसे ये हो गया हमारा इंट्रेंस सो यही है थर्टी टू इंटू थर्टी टू हाउस प्लान इसमें आप फोन नंबर टूर सिक्सटीन एम एम का यूज़ कर सकते हैं और इसका जो कॉलम आएगा वो मैं बता देता हूं आपको कॉलम Play a video game in building. इसका जो ये जो है ये अपना इतना उठ हो गया इसका जो बिल्डिंग कॉस्ट आएगा बिल्डिंग कॉस्ट सिक्सटीन टू 20 लाख 16 टू 20 लाख में आपका ये 4 बी के हाउस प्लान बन के रेडी हो जाएगा तो कैसा लगा आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो अगर नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो कोई बात नहीं